नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ में ज्योतिर्विद आशीष पांडे वृश्चिक राशि के जातकों का करियर राशिफल 2020 क्या कुछ कहता है इस पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ आप लोग अपने करियर को प्रभावी कैसे बना सकते हैं 2020 में ऐसे कौन कौन से दिव्य प्रयोग हैं जिनको आप करके करियर में अपने चार चांद लगा सकते हैं तो दर्शकों अंत तक इस वीडियो को देखिएगा स्किप मत करिएगा या भगाइएगा नहीं इसको क्योंकि यदि कोई भी चीज़ छूट जाएगी तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर से आप देखेंगे समय बर्बाद होगा और बहुत लंबा ये वीडियो भी नहीं रहेगा तो अधिक समय ना लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेकिन वार्षिक राशिफल भी हमने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपने इस चैनल पर डाल दिए हैं मूलांक से रिलेटेड अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल ये भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है भागीरथ श्रृंखला भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है प्ले में जा कर देख सकते हैं जो भी हमने भविष्यवाणी की है लगभग निन्यानबे की दर से सही रही है आप लोग वो जा करके देख सकते हैं यूट्यूब पर जब हम दो साल ढाई साल पहले जो भविष्यवाड़ी करते थे वो अब घटित हो रही तो आप लोग जा करके इसको देखिए तो कैरियर राशिफल 2020 के अनुसार वृश्चिक राशि के जात को कैरियर के मामले में यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफलतादायक रहने वाला है क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य वर्ष कुंडली 2020 में शुरुआत के समय में ही देखिए बहुत ही अच्छा योग बनाते हैं बुधाधित योग और ये भी धन के स्थान में विराजमान होकर के बना रहे हैं तो जो कि कैरियर के लिहाज से तो अच्छा ही है साथ ही साथ धन के मामले में भी बहुत अच्छा है कैरियर के मामलों में इस वर्ष आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिल सकती है आसातीत सफलता मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी इस वर्ष जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं जो नौकरीशुदा जातक हैं जैसे शादीशुदा होते हैं वैसे नौकरीशुदा जातक भी होते हैं तो इनको अपने मनपसंद जगह पर स्थान परिवर्तन करने का योग भी दिखाई पड़ रहा जिन जातकों को पिछले कुछ समय से अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बनाने में परेशानी आ रही थी अब उनके साथ संबंध अच्छे बनेंगे सनी की जो है साढ़े भी इनकी अब जा रही चौबीस जनवरी से नौकरी पेशा के लिए साल 2020 अच्छा रहेगा इस दौरान आपका कभी भी अपने कार्य क्षेत्र में कमजोर नहीं पड़ने देंगे आपका साहस और आपका आत्मविश्वास आपको नया मार्ग दिलाएगा कुछ मामलों में भाग्य भी आपको आशातीत सफलता देगा आपने उम्मीद नहीं की होगी अपने कार्य के परिणाम को लेकर के हताश होने की आवश्यकता आपको नहीं है आपको उस चीज़ से सीख लेना क्योंकि बीच में कुछ समय आएगा जिसमें आप परेशान रहेंगे तो गलतियों से सीख लेकर के आगे बढ़ने की यहाँ पर हम आपको सलाह दे रहे हैं जो लोग व्यवसाय करते हैं वृश्चिक राशि के हैं तो इस वर्ष उनके कार्यक्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी और नए नए व्यापार के जो आइडियाज़ रहेंगी ये इनके मन में आएंगे आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो मंगल है स्वराशिगत होना मतलब रोचक महापुरुष नामक योग बना रहा है जिससे कार्योन्नति के योग बन रहे हैं आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें क्रेडिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा वर्ष कुंडली 2020 के अनुसार यह वर्ष आपके अपने व्यक्तित्व व कौशल विकास के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है भाग्य के चंद्रमा आपको सौभाग्यशाली बना रहे हैं वर्ष की शुरुआत में भी राहु अष्टम भाव में विराजमान है जिससे आपके लिए इस वर्ष स्थान परिवर्तन के योग बनते रहेंगे यात्राएं होती रहेंगी और यात्राओं से लाभ होता रहेगा 24 जनवरी को साइटन अर्थात शनि का राशि परिवर्तन आपके पराक्रम में वृद्धि के योग बना रहा है क्योंकि अभी सेकंड भाव में फिर ये पराक्रम के घर में जाएंगे वहीं 30 मार्च को गुरु राशि परिवर्तन कर शनि के साथ होंगे और नीच के हो जाएंगे यहाँ पर नीचभंग राजयोग भी बनाएंगे देखिये गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं मकर राशि में नीच के होते हैं तो ये पराक्रम भाव में नीचभंग जो राजयोग बन रहा है ये आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है जिसके कारण भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा ही मिलेगा मई में शनि व गुरु ये जो दो प्लेनेट है ये वक्री होंगे तो आपके कार्यों में कुछ रुकावट का कारण बन सकती है इस समय आपको कार्यों में जो है जो आपने तेजी सोची होगी मिलेगी वो तेजी नहीं मिलेगी कार्य आपके स्लो हो जाएंगे अचानक से बने बनाए कार्य आपके बिगड़ते हुए आपको दिखाई देंगे लेकिन शीघ्र ही बृहस्पति के प्रभाव से आपका हौसला बुलंद रहेगा आपके कार्य धीरे से ही सही लेकिन बनेंगे ही बनेंगे जुपिटर आपको चुनौती का सामना करने के लिए साहस देंगे तीस जून को गुरु वापस धनु राशि में जो है आ जाएंगे स्वराशि में आ जाएंगे तो जो भी आपके रुके हुए कार्य थे इस 30 जून के बाद से बनना प्रारंभ होंगे देवगुरु देखिए यहाँ पर जो रहेंगे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड शिक्षा के क्षेत्र से रिले, रिलेटेड टीचिंग क्षेत्र से रिलेटेड आपको कोई नौकरी देंगे किसी बड़े प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला कराएंगे तेईस सितंबर को राहु केतु देखिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं केतु आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं जिससे आपका आत्मबल थोड़ा सा अधिक और बढ़ेगा देखिए अति सर्वत्र वर्जय अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है कॉन्फिडेंस तक तो बात ठीक है लेकिन वृश्चिक राशि के जात को ओवर कॉन्फिडेंस से इस दौरान आप मात भी खा सकते हैं तो यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे आप लोग छोटे भाई बड़े भाई या गुरु के नाते जो भी मान सकते हैं पेशेंस से काम लीजिएगा किसी भी दस्तावेज पर सिग्नेचर करने से पहले आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा वही 29 सितंबर को शनिदेव जब मार्गी होंगे तो आपके सारे जो रुके हुए काम थे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड लोहे से संबंधित कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम कर थे या फ्लैट्स इत्यादि आपके नहीं जो है बिक रहे थे वो बिकने लगेंगे कामकाज संबंधी यात्राएं भी आपकी इस साल सफल रहेगी बीस नवंबर को जुपिटर पुनः मकर राशि में आ जाएंगे जिससे पुनः आपके कार्यो में आपके पराक्रम में उन्नति होगी भाग्य आपका साथ देगा तथा अपने दिमाग का वृश्चिक राशि के जात को इस दौरान आप लोग पूरा पूरा इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो कुल मिलाकर के ये जो साल रहेगा कैरियर के मामले में यदि एक शब्द में आप हमसे पूछेंगे कि कैसा रहेगा तो उत्कृष्ट समृद्धिदायक रहेगा सफलता दिलाने वाला रहेगा खास करके जो लोग एजुकेशन फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं उनको सफलता मिलेगी जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि का इंटरव्यू वगैरह दिए होंगे उनके कोई रिजल्ट होंगे वो उनके फेवर में ही आएगा कोई स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं तो तमाम इस साल उच्च अधिकारी आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो है एक्टिविटी करने को देंगे सपोज करिए आप किसी अधिकारी के पोस्ट में हैं तो आपको कार्य का और भी ज़्यादा भार देंगे तो ये अच्छी चीज़ें हैं प्रमोशंस इत्यादि जो ड्यू है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा साथ ही जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं बेरोजगार हैं तो आपको नई नौकरी भी यहां पर प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है सरकारी क्षेत्र में खास करके जो है यूपीएससी पी के एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हैं यूपीपीएससी स्टेट सर्विस के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अदर जो स्टेट के एग्जाम हैं चाहे वो आरपीएससी हो चाहे वो एम हो तो ये सब भी आप लोग क्रैक कर सकते हैं अब जो हम उपाय बताएंगे उसको आप लोग जरूर करिएगा अब आप कहेंगे पंडित जी आपने तो इतना सब कुछ बढ़िया बता ही दिया उपाय करने की क्या जरूरत है तो ऐसा नहीं है जब आपके शरीर में कोई बीमारी होती है आप क्या करते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं भाई बुखार आ गया तो इंजीनियर के पास तो जाएंगे नहीं डॉक्टर के पास ही जाएंगे दवा लेते हैं बुखार आपका चला जाता है इसी प्रकार से भाग्य होता है उपाय होते हैं कि जब आपके भाग्य में कुछ अवरोध आ रही होती है कुछ रुकावट आ रही होती है तो इसको जो है ज्योतिषी उपायों के माध्यम से जो मार्ग में अवरुद्ध बाधाएँ आती हैं इनको दूर कराते हैं तो आप लोग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और अपनी कुंडली दिखाइए क्योंकि वृश्चिक राशि जो है ये ये करोड़ों लोगों की है और करोड़ों लोगों में ये जो है राशिफल हो सकता है आपके ऊपर उतना सटीक ना बैठे आपके जीवन में आपकी वास्तविक कुंडली क्या कह रही है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है इसके साथ साथ गोचर का फल आपको कैसा मिलेगा वास्तव में आपके कर्म भाव के स्वामी कहाँ हैं सब डिविजनल चार्ट में इनकी पोजीशन क्या है किस ग्रहों की महादशांतर दशा चल रही योगनी दशा क्या चल रही है तो ये सब चीजें दर्शकों ज्योतिष बहुआयामी है और ऐसे नक्काल और जो झूठ बोलते हैं जो मक्कार ज्योतिषी हैं इनसे आपको सावधान रहना है लगभग YouTube पर या जो है आप ऑनलाइन कह सकते हैं कि जो है प्लेटफॉर्म पे 90% परसेंट ज्योतिषी बिल्कुल फेक हैं ये लोग आपको आपके घर पे बैठे ही आपके ग्रह शांत कर देते हैं अपने नहीं शांत कर पाते लेकिन आपके कर देते हैं हज़ार दो हजार किलोमीटर दूर होंगे और वो कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान आपके लिए कर देंगे क्या मतलब ये चूतियापा है तो ऐसे लोगों से आपको बचना है पैसा आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है कीमती है इसको बचा करके रखिए सदुपयोग में इसको लाइए उपाय पर चलते हैं बातें बहुत हो गई हैं उपाय करना क्या रहेगा सबसे पहला उपाय आपको करना ये रहेगा कि शनिवार वाले दिन आप लोगों को जो है पीपल के वृक्ष पर जाना है प्रातःकाल और जल में गुड़ रोली जिसको कुमकुम भी बोलते हैं और काले तिल डाल करके आपको जलार्पण करना रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है इस मंत्र से आप लोग पीपल के वृक्ष पर जलार्पण करिए और शाम के समय एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आप लोग जरूर जलाइए महीने में दो बार एक शुक्ल पक्ष का मंगलवार रहेगा दूसरा कृष्ण पक्ष का मंगलवार रहेगा शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर जो है आप लोगों को डिप करना है और लेप लगाना रहेगा संडे वाले दिन नमक को अवॉइड करिए नमक का सेवन आपको किसी भी प्रकार से नहीं लेना है आपके ब्लड में नमक जाना ही नहीं चाहिए ना ब्लैक सॉल्ट ना व्हाइट सॉल्ट ना रॉक सॉल्ट सूर्योदय से सूर्यास्त तक मत खाइए उसके बाद खाइए ये आपकी मर्जी है एक दिन अगर आप नमक नहीं खाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा सूर्य ये रविवार वाले दिन कम से कम तीन बार सूर्य के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए बड़ा ही पावरफुल ये पाठ होता है देखिए आदित्य हृदय स्त्रोत किसने दिया है महर्षि अगस्त ने दिया है अगस्त नाम पता है कैसे पड़ता है जो मतलब जो है पर्वत को झुका दे अगर मतलब होता है पर्वत तो अगर स्तंभ इति अगस्त तो जो पर्वत को स्तंभित कर दे वो जो है उसको अगस्त कहते हैं तो आप लोग तो कर नहीं पाए लेकिन महर्षि अगस्त ने ये चीज़ किया विंध्याचल पर्वत को अपने पैर की ठोकर से ही जो है उसके घमन को चकनाचूर कर दिया था तो उनके द्वारा ये दिया गया स्त्रोत है बाल्मीकि रामायण में भी आपको मिल जाएगा या आप लोग गीता प्रेस की जो जो है वैन होती है वहाँ से ले लीजिए इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और तीन बार इसका पाठ आप लोग जरूर करिए आप अपनी कुंडली दिखा करके रत्नों का भी चयन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपकी हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है दूसरा आप जो है क्या कहते हैं हमसे पर्सनली मिल सकते हैं या फोन के माध्यम से करवाना है तो आपके शहर में आते हैं आप लोग करवा सकते हैं एक अंतिम प्रयोग बता रहे हैं और ये प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक छोटी सी पन्नी ले लीजिएगा और ये क्रिया आपको करनी रहेगी संडे के दिन करना क्या रहेगा थोड़ा सा आपको लाल मसूर रखना रहेगा एक हल्दी की गाठ रखनी रहेगी एक केसर रखना होगा और उस जो पन्नी को रख के अपने पॉकेट में रखिए जब भी एग्जाम्स वगैरह देने जाइए या किसी कार्य के लिए आप जाइए तो उसको अपने जेब में रख करके तब जाइए देखिएगा आपको कितनी अच्छी सफलता प्राप्त होगी तो दर्शकों कैसा लगा हमारा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ही करिए और बगल में बना बेलाइक तो हमारे इस वीडियो को आप लोग जमकर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए अपने फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए और हमारे इस परिवार को एस्ट्रोमी के परिवार को आप लोग आगे बढ़ाइए दर्शकों दीजिए इजाजत नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ और हाँ उम्मीद करते हैं कि कमेंट में आप लोगों ने जय श्री राम जरूर लिख दिया होगा जय श्री राम का उद्घोष करिए ताकि लोग देखें तो लगे कि हाँ यहाँ पर जो है राम नाम की धारा बह रही है तो जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर कीजिए और इस उम्मीद के साथ नौ वर्ष की जो है असीब शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम